खबर हमारी फैसला आपका ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली यूपी गाजियाबाद लोनी बॉर्डर के समस्त संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को निश्चिंत रहने का दिया आश्वासन स्थानीय लोगों ने जताई खुशी गाजियाबाद पुलिस फोर्स ने आईपीएस पी के निर्देशन में दिल्ली से सटे करावल नगर बॉर्डर पुस्ता सहित अन्य जगह आरोप अर्धसैनिक बल के साथ किया पैदल मार्च कोई दिक्कत नहीं आ रही